आपको पाँच लाइनों में दस पेड़ लगाने हैं पर शर्त ये है कि हर लाइन में चार पेड़ होने ज़रूरी हैं आप पेड़ों को किस प्रकार लगाएंगे उत्तर है आपको एक स्टार बनाना होगा उस स्टार के सभी कोनों और किनारों पर पेड़ लगाने होंगे जैसा कि आकृति में दिखाई दे रहा है यहाँ हमने सबसे पहले एक स्टार बनाया फिर इसके कोने और किनारों पर एक एक डॉट लगाया है इन डॉट की जगह पर आपको पेड़ लगाने होंगे आपको हम इस फोटो में लाइनें खींचकर भी दिखाएंगे इस प्रकार पांच लाइनों में चार चार पेड़ होने के बावजूद केवल दस पेड़ होंगे यहीं इस प्रश्न का उत्तर था